किस देश के सभी नागरिक सैनिक हैं आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जापान ऑप्शन बी इजराइल ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है